हेलो गाइस, भारतीय राजव्यवस्था का आज ये हमारा दूसरा टॉपिक है संविधान का निर्माण मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ हम जानेंगे कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ चलिए देखते हैं संविधान का निर्माण हेडिंग का संविधान सभा की मांग तो अब देखते हैं कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष उन्नीस में पहली बार एम एन राय ने रखा तो उन्नीस में रखा किसने रखा एम एन राय ने रखा रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे तो कहाँ के नेता थे वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे पहले वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता कौन थे तो एम एन राय थे 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की तो भी आप नोट कर लेंगे उन्नीस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग की थी कब की थी 1938 में नेहरू की इस मांग को है। ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया तो नेहरू की यह मांग स्वीकार भी हो गई आगे क्या हुआ इसे सन 1940 यानी 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है तो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है तो आपसे क्वेश्चन करेगा अगस्त प्रस्ताव कब आया तो 1940 में आया आगे देखेंगे सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेफोर्ट क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप के साथ भारत इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया तो क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने क्या किया अस्वीकार कर दिया मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए क्या मांग की मुस्लिम लीग ने कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएँ हों भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया इस मिशन ने दो संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया तो इस मिशन ने क्या किया दो संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया गया आगे देख लेते हैं उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया तो वो कैसी योजना थी आइए आपको दिखाते हैं संविधान सभा का गठन तो संविधान सभा के गठन के बारे में अब हम जानेंगे कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा का गठन कब हुआ नवंबर 1946 को हुआ। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ देखें योजना की विशेषता क्या थी योजना की विशेषता पर ध्यान देंगे संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या तीन नवासी होना थी यानी 389 होनी थी इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और चार का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था आगे देखते हैं दूसरी विशेषता ये थी हर प्रांत वे देसी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक दस लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी तो कितने लोगों पर दस लाख लोगों पर यह बात आप नोट करिए तीसरा देखेंगे प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदाय के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था ये तीन समुदाय थे मुस्लिम सिख व सामान्य मुस्लिम और सिख को छोड़कर आगे देखेंगे प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असम्बली एक मिनट रुकिए सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा रहा है अभी ठीक कर देते हैं ठीक हाँ तो हम क्या कह रहे थे चौथी नंबर की विशेषता थी प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था पांचवी विशेषता क्या थी वो भी देखेंगे पांचवी विशेषता देखिए देशी रियासत के प्रतिनिधियों का चयन के प्रमुखों द्वारा किया जाना था अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांति व्यवस्थिक व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था जिनका चुनाव एक समिति मताधिकार के आधार पर किया गया था संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ यहां से आपका क्वेश्चन बनता है पूछेगा संविधान सभा के लिए चुनाव कब किया गया तो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ इसको आप नोट कर लेंगे आगे देखिए ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 नाइन्टी सिक्स सीटों है तो इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 यानी 208 मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली यानी पंद्रह सीटें मिली हालांकि देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाए क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया यदि संविधान सभा का चुनाव भारत के व्यस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू मुस्लिम सिख पारसी आंगल भारतीय भारतीय ईसाई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिले। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं आइए आगे देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई यहाँ से आपसे प्रश्न करता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई तो 9 दिसंबर 1946 को हुई इसको आप नोट कर लीजिएगा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया तो बहिष्कार किसने किया मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया यहां पर इसने अलग पाकिस्तान की मांग पर भी बल दिया इसलिए बैठक में केवल टू इलेवन यानी टू हंड्रेड इलेवन दो सौ ग्यारह सदस्यों ने हिस्सा लिया फ्रांस की इस तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तो यहां से आप नोट कर लेंगे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया आगे देखेंगे बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए उसी प्रकार डॉक्टर एच सी मुखर्जी तथा वी टी कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप बताएंगे यहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया ध्यान देने वाली बात है यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है तो कौन है ये डॉक्टर एस सी मुखर्जी तथा वी टी कृष्णमाचारी और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे दूसरे शब्दों में संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे चलो आगे चलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव क्या था इसके बारे में देखेंगे तेरह दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया तो कब पेश किया तेहरा दिसंबर 1946 को पेश किया और किसने पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया ठीक है इसको आप नोट कर लेंगे इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलकती, इसमें कहा गया क्या कहा गया देख लेते हैं पहली बात इसमें कही यह कही गई यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तो यह इसकी पहली बात थी कि संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है दूसरी बात को देखेंगे ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे अगली बात को देखते हैं नंबर तीन वर्णित सभी क्षेत्रों तथा तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्य को प्राप्त होंगी अगला देखते हैं नंबर चार संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा तो सरकार के अंग सभी का स्त्रोत तो भारत की जनता होगी नंबर पाँच देख लीजिए भारत के सभी लोगों के लिए न्याय सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति विश्वास भ्रमण संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोकनैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी ये पॉइंट आपका मूल अधिकार में निहित है तो इसको आप नोट कर लेंगे फाइव नंबर पॉइंट को यह आपका मूल अधिकार भी है स्वतंत्रता का अधिकार चलो आगे देखते हैं आगे क्या बात कही है अल्पसंख्यकों पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी संघ की एकता को अक्षुण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभी देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी आगे देखिए और इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को पढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा इस प्रस्ताव को 22 जनवरी उन्नीस को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी है तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है आपको अगर चैनल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सीरीज हमारी लगातार यू ही चलती रहेगी यहीं से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है यहीं पढ़िए अच्छा पढ़िए और एग्ज़ाम को क्रैक दीजिए लेकिन चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए धन्यवाद